लाल किला यहां पर और जितना हो सकता है मैंने वीडियो बना लिया है बट यहां पर काम चल रहा है तो अभी तक तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है तो इफ़ यू थिंकिंग टू काम डाउन टू लाल किला दूर का